हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मैं आ चुका हूँ अपनी खेत पे आज का व्लॉग ये है कि हम लोग देखेंगे अपना आपने मेरे पिछले व्लॉग में तो देखा ही था हम लोग यहाँ पे अपने खेत में बाँस गड़ाने आए थे रस्सी बांधने रस्सी बांध के फिर हमने आगे आपको दिखाया नहीं और सीधे यहाँ से घर चले गए फिर नहाए धोए और फिर आज आ रहे हैं बहुत दिनों बाद खेत पे तो हमने अपनी धनों रोड पे खड़ी करके बस आगे खेत देखने चले आए हैं और देखिए कितनी हरी भरी फसल हुई है हमारे खेत में ये हमारे भैया की खेत है जिसमें बहुत अच्छी फसलें हुई हैं इस बार ये हमारे खेत का बोरबल जिससे हम लोग पानी चलाते हैं और जैसे लगता है किसी ने यहाँ पे इस जगह पे पानी खूब चला दिया है एकदम ये खेत गीला हुआ पड़ा है और गतियाँ तो इतनी मजबूती से बाँधी थी कि अब भी बंधी हैं एकदम सही हैं और गन्ने उन्नी मेरे पीछे आप गन्ने देख ही रहे होंगे ये पड़ोसी के हैं किसी और ये मेरा स्कूल जहाँ से मैंने बहुत पहले पढ़ाई पूरी की थी आपको तो ये सब पिछले ब्लॉग में तो मैं बता ही चुका हूँ अपने तो कुछ आगे करते हैं मैंने सोचा आज की एक पपी एडोप्ट करते हैं तो मेरे व्लॉग में बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मेरा ब्लॉग बस हम लोग यही चेक करके उसके बाद सीधे यहां से एक पपी एडोप्ट करने के लिए चलते हैं जैसे कि देख ही सकते हैं रोड बहुत कम ही है चलती है ये हमारे गाँव की जैसे कि हम लोगों को खेत देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया है तो जल्दी जल्दी हम खेत देखते हैं और पहुंचते हैं सीधे कपी तो के अडोप्ट करने पहले तो मैंने सोचा कि ये खरीदते हैं लेकिन बाइंग ये क्या फ़ायदा है जो भी पालना है अडोप्ट करके पालो वो चीज़ें बेस्ट भी होती हैं जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं ये जैसे कि जर्मन सैफर्ड वगैरह डॉग से बेस्ट है है जर्मन सैफर्ड ज़्यादा नस्ल वाले कुत्ते हैं इनकी हाई फाई रेट भी है पहले मैंने सोचा कि खरीदते ही हैं लेकिन मैंने सोचा नहीं खरीदेंगे नहीं एडोप्ट करेंगे अगर हम लोग खरीद खरीद के करने लगेंगे पालने पालने लगेंगे तो एडॉप्ट जो नहीं कर पाएंगे तो उनका